आज हम इसको एडगैम मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज इसको एक्सप्लेन करते हैं शुरू शुरू में स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम स्व होता है वह अपनी बच्ची के लिए पैसे अरेंज करता है और उसका बर्थडे बर्थडे होता है उसकी मम्मी से अपने पैसे लेता है और उसकी मम्मी कम पैसे देती है उसको और ज़्यादा पैसों की नीड होती है इसलिए वो अपनी मम्मी का ए टी लेता है ए टी में जाके सारे पैसे निकाल लेता है उसको सारे पैसों को हॉर्स राइडिंग में लगा देता है कई बार हारने के बाद एक बार वो चार मिलियन बॉन्ड जीत जाता है सॉन्ग के पास कई लोगों का कर्जा होता है इसलिए वह कर्ज़ा मांगने के लिए भावक पहुंच जाती हैं और सॉन्ग उनको देखने के भाग लगता है और वो सॉन्ग को वास्तव तो में बाद में आ जाकर पकड़ लेता और कुटाई कर देते हैं उसको ब्लीडिंग हो जाती है सब निकल के खून उसके बाद में देखता है कि मेरे पॉकेट में तो पैसे हैं ही नहीं और जब उसका ध्यान आता है कि मैं एक लड़की से टकरा रास्ते में जा रहा था तो उसी ने मेरे पैसे चुरा लिया हुए अब सौंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं और वह कर्जे वाले पैसे मांगते हैं तब उसको एक महीने का टाइम और देते हैं और एग्रीमेंट पर साइन करवा देते हैं उसके बाद में वो कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करता है और अपनी बच्ची को होटल में खाना खिलाता है फिर तो तुरंत भाग जब मेट्रो में जाता है उसके बाद मेट्रो चली जाती है पर वहीं पर बैठ जाता है और इंतजार करता है उसके बाद तुरंत बाद कोई अनोन पर्सन आता है वहाँ पर और सौंक से कहने लगता है कि क्या मेरे साथ गेम खेलोगे आप गेम खेलोगे तो मैं आपको एक लाख बंद दूँगा नॉन पर्सन होता है उसको बिल्कुल भी नहीं जानता है उसको पैसे दिखाता है और उसको लालच आ जाता है तो वह खेलने के लिए तैयार हो जाता है कहता ठीक है, है मैं खेलने के लिए तैयार कई बार मार खाने के बाद वो लास्ट में एक, एक लाख बॉन जीत जाता है और वो खुशी से बहुत झूम उठता है वो, वो सोचता है कि मैं एक लाख बॉन जीत गया हूँ और एक लाख रुपये बॉन देख बहुत खुश होता है और वह बाद एक कार्ट देता है कहता है कि ज़्यादा अगर पैसे चाहिए आपको तो एक ये मेरा कार्ड लो इसे रखो और बहुत तुरंत बाद अपने मम्मी के पास चला जाता है और जीते वो पैसे को सार अपने मम्मी के पास दे देता है उसकी माँ कहती है कि आपकी बेटी यूएस जा रही है अपने दूसरे पापा के साथ में और वो बहुत दुखी हो जाता है वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाए दूँगा और उसकी बेटी को पाने के लिए और ज़्यादा पैसे चाहिए वो तब उसे याद आता है कि मैंने एक कार्ड लिया था तब तो उस, उस कार्ड को देखता है और कॉल करता तब तो उसके पास एक कार आती है और उस कार में देख सोंग भी उस गाड़ी में बैठ जाता है और देखता है तो पहले से ही उस गाड़ी के अंदर कई लोग होते हैं और जो बेहोश होते हैं तब जाके उन वो एक फैसिलिटी में चले जाते हैं और उनकी आँख खुलती है एक फैसिलिटी होती है वहाँ पर सब के कपड़े एक जैसे होते हैं टोटल फोर फिफ्टी सिक्स प्लेयर्स होते हैं और इन प्लेयर्स को एक आदमी होस्ट करता है जिसको ज्लैक कपड़े पहन हुआ होता ब्लैक मास्क लगा हुआ होता है उस इनकी एक कॉमन बात होती है सब कर्ज में डूबे होते हैं सब ने कर्जली तब सोंग प्ले नंबर एक से मिलता है जो बोडाओ आदमी होता है और उसको ब्रेंड टूमर होता है वो वैसे भी खिसकने वाला होता है इसलिए वहाँ पर खेलने आ जाता है और वह कहता है कि मैं यहाँ पर खेलने आया हूँ मुझे भी नहीं ब्रेंड टूमर है तभी देख तभी वहाँ पर दो प्लेयर्स में लड़ाई हो जाती है एक लेडीज़ और एक जेंट्स उस लेडीज़ को लड़की को देखता है सॉन्ग तो वह देख कहता है कि ये लड़की है बही है जिसने मे जो मुझे टकराई थी और जिसने पैसे चुराए थे ये मेरे पैसे तभी एक वहाँ पर गेट खुलता है तभी वहाँ पर गेट खुलता है और कुछ लाल कपड़ों में कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वे कहते हैं कि आपको टोटल सिक्स प्लेयर्स यहाँ पर गेम खेलने हैं सारे प्लेयर्स छः गेम खेलेंगे और जो प्लेयर्स का बॉन होगा उसको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा तब उनको सारे सभी से एग्रीमेंट पर साइन करवा तो उनके अंदर तीन रूल्स होते हैं जो कहते हैं कि जो भी प्लेयर छोड़ के जाएगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और किसी भी प्लेयर्स को छोड़ने की उम्मीदें नहीं है तो इससे रूल्स होता है अगर मेजोरिटी चाहें तो गेम बंद भी हो सकता है बीच में और सभी को मेन हॉल में ले जाता है तभी गार्ड से सब कुछ बताते है, होते हैं और सब गेम के बारे में बता रहे होते हैं उस टाइम पर तभी उनको प्राइज़ मनी दिखाई जाती है तब तो उनको हॉल में ले जाता है जो कहाँ पे गेम खेला होता है तभी उनकी उसकी मुलाकात एक दोस्त से होती है जिसका नाम सैगू होता है शैगू एक उसका बचपन का दोस्त होता है कॉलेज में पढ़ता था तो वो जान कर हैरान हो जाता है वो मीटिंग गया था वहाँ पर एक डॉल दिखाई देती है और बोर्ड गेम के वो रूल्स बताती है इस गेम के रोल सिंपल से होते हैं डोल गाना गाएगी तो आपको भागना है और डोल गाने गाने से रुक जाएगी तो आपको रुकना है और किसी को भी मूव नहीं करना नहीं तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा और एलिमिनेट का वर्ड आगे दिखाई देता है तभी एक प्लेयर हिल जाता है और उसको गोली मार कर, गोली मार दी जाती है तब उनको पता चलता है कि हम बहुत खतरे में हैं तभी सब लोग गेट की तरफ भागते हैं और गेम के मुताबिक जो हिलेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो सभी को गोली मार दी जाती है कुछ प्लेयर्स नहीं हिलते हैं तो वो ऐसे बोल रह जाते हैं और किसी तरीके से वो अपना मेजॉरिटी गेम पूरा करते हैं खुल की छत बंद होती है और पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है